टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली को न्यूजीलैंड से आराम दिया गया था टी20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली को बीसीसीआई ने भारत वापस भेज दिया था एक बार फिर ब्रेक के बाद मैदान में विराट कोहली का आएगा तूफान बांग्लादेश के दौरे के बाद टीम इंडिया का ऐलान हो गया और विराट कोहली की वापसी हुई विराट कोहली ने बांग्लादेश दौरे से पहली बार ट्रेनिंग शुरू कर दी है